चरत रात चद निरा कल अरे कालम लम कालम सहित कालम रा मं एंडकलू मुंत चीतर घोरा कंकर्णाचार्वेश मोगा मदल कालम कालम रा अर यलम कालम सैतम कालम रा रिजर्वेशन को दो रिजर्वेशन को दो नोट रूट का पेट्रोल डीजिल देशम का नोर उकम कालम यलं रूप सहित यलम यल मसक बार्षर पुना मन वादप मकसी पाड़ी चुत अरा चुचि उतर भारतना अंत डर मोगरो ंतम रातकालमे कल रातक वाली के बनता है